छौरी तो के, के, के तो तो पटरी कहा तू चक्का चढ़ा भी और अभी तो रुको क्लाइमेट सभी बाकी देवो देव बातो, हम नहीं नहीं तू साथ साथ उहु, राजा जी, अपनी शक्तियों का पूरा पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन जिया जिया कनिको बी साथियों और अभी तो रुको क्लाइमेक्स अभी बाकी है। भाला नहीं चला बवाल हो जाता और वो जो लाल वाला बटन है उसमें